नमस्कार सिंह राशि के सभी सम्मानित दर्शक मार्च का ये माह आप लोगों के लिए कैसा जाएगा क्या जो गोल आपने सेट किए हैं अर्थात सिंह राशि के जातकों ने मार्च माह के लिए जो भी गोल सेट किए हैं क्या उनको उनका गोल मिलेगा उनके लक्ष्य की उनको प्राप्ति होगी इस माह के लिए प्रभावी उपाय क्या हैं इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से हैं अशुभ दिवस कौन से हैं आपके लिए शुभ कलर कौन से हैं अशुभ कलर कौन से हैं इन सभी विषयों पर आज आप प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ ही जो है दर्शकों आगे बढ़े आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मुंबई आगमन हो रहा है जो भी सिंह राशि के दर्शक हमसे मुंबई में मिल करके अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोग विश्लेषण करवा सकते तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी ये आपका राशिफल किस पर आधारित है तो ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान जन्म राशी ना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप लोग ड्रॉप कर दीजिए यथा संभव हमारा प्रयास रहेगा कि आपको वास्तविक आपकी राशि से चंद्र राशि से हम अवगत कराएँ सिंह राशि के जात को मार्च माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं छः तारीख शुक्रवार दिन रहेगा और एकादशी का व्रत रहेगा नरसिंह द्वादशी भी इसी दिन रहेगी साथ ही साथ दर्शकों नौ तारीख नौ तारीख को होलिका दहन रहेगा फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी और छोटी होली भी इसको कहते हैं सिंह राशि के जितने जातक हैं होली से संबंधित एक वीडियो हमने स्पेशल आप लोगों के लिए अपने चैनल पर बना रखा है तो उसको आप लोग जा कर के देख सकते हैं होलिका दहन में कुछ चीज़ों को जो है आपको जो है डालना रहेगा भस्मीभूत करना रहेगा वो आप लोग जा कर के देख सकते हैं दस तारीख को मंगलवार दिन रहेगा और रंगावली रहेगी अर्थात होली खेली जाएगी चैत मास का प्रारंभ भी होता है तो दर्शकों होली के लिए आपके लिए सर्वाधिक शुभ कलर कौन से हैं उसी वीडियो में हमने बता, बताया हुआ है साथ ही साथ दर्शकों चौदह तारीख शनिवार दिन रहेगा और मीन संक्रांति संक्रांति का सीधा सा मतलब समझिए हम अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताते रहते हैं कि ये सूर्य देव के जो है संचलन काल पर आधारित रहता है जैसे सूर्य देव अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं तो ये कुंभ संक्रांति है। चौदह तारीख को जैसे ही ये देव गुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे संचलन करेंगे वैसे ही ये मीन जो है संक्रांति कही जाएगी वही सोलह तारीख सोमवार दिन रहेगा और शीतला का व्रत रहेगा कालाष्टमी का व्रत रहेगा साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहते हैं कि 19 तारीख बृहस्पतिवार दिन और पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत रहेगा बृहस्पतिवार दिन और एकादशी का व्रत बहुत ही बिलय सहयोग अद्भुत संयोग होता है 25 तारीख बुधवार दिन रहेगा और गुड़ी पर्वा रहेगी चैत्र मास की नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है सत्ताईस तारीख शुक्रवार दिन गौरी पूजा रहेगी और मत्स्य जयंती रहेगी वहीं अट्ठाईस तारीख शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा तीस तारीख सोमवार दिन रहेगा स्कंदष्टी और रोहड़ी व्रत भी इस दिन जो है रहते हैं लोग सिंह राशि के जात को इस माहग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है जिनके आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है तो आइए उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं राहु देव जहाँ मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं वहीं मंगल जुपिटर अर्थात देवगुरु बृहस्पति और केतु ये धनु राशि में संचरण कर रहे हैं लेकिन बाईस तारीख को मंगलदेव अपनी उच्च राशि में चलायमान होंगे बाईस मार्च को शनि के साथ बंद योग बनाएंगे बुद्ध और सूर्य जो है ये कुंभ राशि में चलायमान माने लेकिन सूर्य देव 14 तारीख को ये मीन राशि में संचरण करेंगे शुक्र ऐश्वर्य के जो कारक ग्रह हैं ये दर्शकों आपके जो है मेष राशि में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा को गोचर मान करके ही सारा राशिफल यहाँ पर बनाया गया है तो सिंह राशि के जातकों क्या कुछ घटनाएं घटित होंगी मार्च महीने में बहुत ही उत्सुकता से आप जो है इस वीडियो को सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं आपसे एक निवेदन है दर्शकों जितने भी हमारे वी सब्सक्राइबर है सिंह राशि के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आए प्रत्येक रविवार रात्रि 10 से 11 बजे तक दर्शकों हम लाइव होते हैं और ये लाइव होते हैं सिर्फ आपके लिए आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं इनके निवारण को दूर करने के लिए होते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली उस समय दिखवा सकते हैं या पर्सनल रूप से यदि आप अपनी कुंडली पर कुछ जानकारी चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और ये सुविधा शुल्क के साथ रहेगी लेकिन जब हम लाइव होंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा सिंह राशि के जातकों मार्च के महीने में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी तो सिंहरा धनागमन सिंह राष्ट्र के जातकों का काफी उत्तम रहेगा आपको बहुमूल्य वस्तुओं की बहुमूल्य धातुओं की और बहुमूल्य चीजों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही आपने जो बिजनेस कर रहे हैं आपकी जो नौकरी है आपका जो रोजगार है इसमें आपको आपके अनुसार मन चाहिए सफलता प्राप्त होगी कार्यों में सफलता से मन आपका बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा जो हमारे सिंह राशि के जातक ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि जब आपके कार्य सिद्ध होंगे तो मन तो प्रसन्न होगा ही होगा कोर्ट कचहरी के मामलों में सिंह राशि के जातक अभी तक जो आपके जो है आ, फेवर में चीजें नहीं आ रही थी मार्च के महीने से आपके फेवर में चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी सिंह राशि के जातक अपने विरोधियों पर प्रभाव स्थापित करने में सफल होंगे और आपके साथ जो बात विवाद लोग करते आ रहे थे उनका अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है सिंह राशि के जात को एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं इस जो है मतलब इस खुशखबरी पर एक लाइक तो बनता है इस माह जो आपने भूमि भवन से रिलेटेड फ्लैट से रिलेटेड गोल सेट किए थे आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अर्थात भूमि भवन का निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और पराक्रम में डोले सोले आपके बढ़ेंगे वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है बहुत ही ज्यादा आनंदित आप लोग रहेंगे उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि को आप लोग प्राप्त करेंगे सूर्य का गोचर बुद्ध का गोचर ये थोड़ा सा आपके भाइयों को कष्ट दे सकता है और चूंकि देखिए चौदह के बाद से आपके जो लग्न के स्वामी रहेंगे ये बारहवें में जा रहे हैं तो यहाँ पर दर्शकों आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ आपके खर्च एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे साथ ही साथ दर्शकों बहुत ज़्यादा इस माह आप धार्मिक होंगे धार्मिक यात्राओं का योग सिंह राशि के जातकों का बन रहा है इस माह 14 तारीख के बाद से आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु के खोने का भय रहेगा प्रशासकीय कारणों से कुछ संकट में भी देखिए पड़ सकते हैं और माह के अंत में जो आपने यात्राएं बनाई होंगी ये आपकी निरस्त होती हुई दिखाई दे रही है सिंह राशि के जातकों एक बात हम आपको बता दें कि राजकीय दंड का कुछ भय बना रह सकता है तो ऐसा कोई काम मत करिएगा कि जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे मार्च में देखिए दर्शकों सूर्यदेव का मंगल का जुपिटर है ही है और शुक्र इनके जो गोचर है ये कुंडली के क्रमशाह दसवें भाव छठे और आठवें भाव में जो है सक्रिय अवस्था में रहेंगे छठे और आठवें भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं ये महीना करियर के लिहाज से तो अच्छा रहेगा आप अपने नौकरी और अपने व्यापार में तो तरक्की करेंगे आर्थिक जीवन में भी तरक्की करेंगे लेकिन दर्शकों आप गलत कामों की संगति में फंसकर अपने ऊपर कोई जबरदस्ती का ब्लेम लगवा सकते हैं साथ ही साथ इस माह आप बचत कर पाने में सफल होंगे पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो परिवार में किसी तरीके का सामाजिक समारोह निश्चित रूप से हो सकता है आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा आपके घर परिवार में किसी नए जो है मेहमान के आगमन की उम्मीद दिखाई पड़ रही है मार्च का ये महीना सिंह राशि के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है महीने यदि कोई रिजल्ट चाहे वो यूपीएससी यूपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम एस सी बैंकिंग से रिलेटेड है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस महीने छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक अर्जित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मार्च का महीना प्रेमी जीवन के लिए बहुत अच्छा प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है वही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आएंगी सेहत के दृष्टिकोण से भी यह माह काफी अच्छा रहेगा लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है तो सिंह राशि के जातकों उपाय क्या है तो देखिए सबसे पहले प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाइए और सूर्योदय के समय में आपको भगवान भास्कर को जल में लाल कुमकुम मिलाकर के और लाल पुष्प डाल करके अर्घ देना रहेगा ओम ह्री हृण सूर्य आदित्याय नमः साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भगवान सूर्य देव के समक्ष बैठ करके करिएगा निश्चित रूप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा सिंह राशि के जो जातक धन के बड़े इच्छुक हैं एक हम आपको ऋग्वेद की जो है ऋचा बता रहे श्री सूक्त की ऋचा है ऋग्वेद से ली गई है और ये जो ऋचा रहेगी बहुत ही प्रभावशाली है हमने तमाम लोगों के ऊपर इसका प्रयोग कराया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं इवन ये प्रयोग मैं खुद करता हूँ अश्वदाई गोदाई धनदाई महाधने धनम में जुस्ताम देवी सरो कामाचम देहीं में ऋग्वेद की इस ऋचा का आप लोग पाठ करिए डेली एक बार माँ लक्ष्मी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जला लीजिए गाय के देसी घी हो या तिल के तेल का आप दीपक जला करके कमलगट्टे की माला से यदि एक बार प्रतिदिन जाप करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव आपके यहाँ होगा साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा इस माह में काले रंग को आपको एवॉइड करना रहेगा ब्राउन कलर को आपको एवॉड करना रहेगा इस माह आपको शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके हर शनिवार को बेसन से बनी हुई कोई जो है मिष्ठान आपको अर्पित करना रहेगा सिंह राशि के जात को कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन कौन से हैं तो देखिए दर्शकों सर्वाधिक शुभ दिवस में एक तारीख दो तारीख चार तारीख इसके अलावा नौ तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख सत्रह तारीख 19 तारीख 21 तारीख 27 तारीख 28 तारीख वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो तीन तारीख है छः तारीख है आठ तारीख है दस तारीख है बारह तारीख है सोलह तारीख है तेईस तारीख है और इकतीस तारीख है ये प्रतिकूल दिवस है इनमें थोड़ा सा अपने आप को जो है आपको बचा करके चलना होगा आपके भाग्यशाली कलर की यदि हम बात करें तो जो गोल्डन रंग होता है सुनहरा कलर होता है ये आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली रहेगा साथ ही साथ ऑरेंज कलर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे वहीं भाग्यशाली अंक की बात तो एक नंबर अंक एक, अंक और अवगत कराइए नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर जाकर के आप लोग हमसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं कैसा लगा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा जाते जाते अपने इस से अपने इस भाई को इजाजत दीजिए लेकिन हाँ 28, 29, 30 को हमको आप मुंबई में मिलना मत भूलिएगा मुंबई आगमन हो रहा है ध्यान से आप लोग जो है ये डेट नोट कर लीजिए और अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद